यूनियन टेरिटरी बताना था चलिए यूनियन टेरीटरी समझा देते हैं ये एक पॉलिटी का हिस्सा होता है यूनियन टेरिटरी टेरी टॉरी केंद्र शासित प्रदेश इसे यूटी कहते हैं इसके कुछ शर्तें हैं केंद्र शासित प्रदेश का सबसे पहला शर्त कि वह राज्य बहुत ही छोटा होना चाहिए बहुत छोटा होना चाहिए इसलिए आप देखेंगे ज्यादातर केंद्र शासित प्रदेश छोटे हैं दूसरा अगर वो भारत की मुख्य भूमि से बहुत दूर होना चाहिए जैसे अंडमान निकोबार बहुत दूर है छोटा नहीं है बट बहुत दूर है सोचा बहुत बड़ा है अंडमान निकोबार बहुत दूर है इस पर केंद्र सरकार का डायरेक्ट नियंत्रण रहना जरूरी है राष्ट्रपति का नियंत्रण रहना जरूरी है केंद्र का नियंत्रण रहना जरूरी एक्चुअली क्या होता है जो राज्य बहुत सारा पावर होता है तो अगर किसी दूर के राज्य को अगर आप एरिया को पूरी तरह से राज्य बना देंगे नहीं तो स्वतंत्र के भाग जाएगा इसलिए इसे केंद्र शासित बना दिया जाता है कि डेली की रिपोर्ट केंद्र को आएगी यहाँ क्या हो रहा है केंद्र सरकार का कोई आदमी जाकर वहाँ शासन करेगा इसलिए बना दिया दूसरा होता है छोटा होना चाहिए इसके इसके अलावा भी होना चाहिए मान के चलिए कोई विवाद हो गया तो विवाद होने दो राज्यों में विवाद हो गया तो केंद्र शासित बना दिए चंडीगढ़ देखिए पंजाब हरियाणा दोनों की संयुक्त राजधानी है इसके अलावा तीसरा मुद्दा होता है राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा देखिए जम्मू कश्मीर ना ये दिल्ली से दूर है ना ही ये छोटा है ना ही ये विवाद है लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है इसलिए हमने बना दिया इसको एक दो तीन चार पाँचवा कारण देख सकते हैं संस्कृतिक भिन्नता होता है संस्कृति कल्चर ही वहाँ का अलग होना चाहिए जैसे देखिए दमन दीप पांडिचेरी ये सब में फ्रांस का कल्चर है इंडिया का कल्चर ही नहीं है ये लोग उन्नीस में आज़ादी हुए थे हमारे आज़ादी के बाद छोटा होना चाहिए इसका रीजन बता दिया अंडमानी को बात दूर होना चाहिए विवादित जम्मू चंडीगढ़ ये कई रीजन है जिसके तहत तो हमें यूनियन टेरिटरी बनाए जाते हैं इस सब के बारे में डिटेल से अध्ययन हम पॉलिटी के क्लास में करते हैं और आपको पढ़ा भी दिए हैं समझा गया कि नहीं आ गया किसी को दिक्कत हाँ यूनियन टेरीटरी में प्रेसिडेंट का पावर रहता है अब प्रेसिडेंट को तो ये वो काम है नहीं अब वो क्या करता अपना किसी एक अधिकारी को यहाँ भेज देता है अपने बिहार पर जाके तुम मेरा वहाँ काम देखो समझा गया कि नहीं आ गया अब हमें यूनियन टेरीटरी के बारे में पढ़ना है